मध्य प्रदेश के देवास से विकास के दावों की पोल खोलती कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उफंते नाले को पार कर लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं बीते 18 साल में ना तो शिवराज सरकार पुल बना पाई और न ही 7 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस ओर ध्यान दिया देवास के दुर्गापुर गांव की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में विकास के दावों की पोल खोल रही है तस्वीरें बताती है की कि किस तरह सरकारों ने जनता को सिर्फ ठगा है अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण उफनते नाले को पार करने को मजबूर है वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए लाश को बीच नाले से ले जाने को मजबूर है लेकिन सरकार और जिम्मेदारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंतिम संस्कार के लिए लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर है जिम्मेदार तो यहाँ सिर्फ वोट